नमस्कार गुड मॉर्निंग सतरीकालेकुम आप यह वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आप यह जान लें कि आप यह तय कर चुके हैं कि आज से अपने आप को आप बदलने वाले हैं मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप इस इसे लाइक करें शेयर करें या सब्सक्राइब करें मैं या आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा सबसे पहले इस बात पर बात कर लें कि इस चैनल को मैंने क्यों बनाया मैंने अपने आसपास देखा कि लोग पुराने ज़माने के मुकाबले आजकल ज़्यादा परेशान रहते हैं अधिकतर लोग दुखी हैं मनी